राज्य हज कमेटी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है अब हज यात्रियों को मदीना जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है अब हज यात्री सीधे तौर पर भोपाल और इंदौर से मदीना जा सकेंगे साथ ही यात्रियों को हज का फॉर्म भी मुफ्त में मिलेगा अब भोपाल और इंदौर से हज यात्री सीधे मदीना जा सकेंगे पहले हज यात्रियों को भोपाल और इंदौर में एम्बोकेशन प्वाइंट न होने की वजह ऐसी मुंबई ऐसी मदीना की फ्लाइट पकड़ना पड़ता था वहीं राज्य हज कमेटी अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि इस मुद्दे को हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के सक्षम उठाया गया था हज कमेटी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद हज यात्री भोपाल और इंदौर से सीधा मदीना जा सकेंगे इसके साथ ही पहले हज के फॉर्म की फीस 300 रुपए थी लेकिन अब हज के फॉर्म मुफ्त में मिलेंगे